अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाओ कुछ भी कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला फिर भी आज रात को चैंसेस हो सकता ये जो मैं अभी कर रहा हूं इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गवाने को तैयार अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा